हेलो आज मैं आपके लिए एक गुरु की महत्ता बताने वाला श्लोक लेके आया हूँ यह विद्यार्थियों को अवश्य स्मरण करना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई अल्पकाल विद्या सब ये जो श्लोक है इसमें भगवान जी बता रहे हैं मतलब भगवान जी ने खुद गुरु जी के वर्णन किया है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई मतलब भगवान जी भी थे वो भी गुरु जी के घर गए पढ़ने के लिए मतलब श्री राम जी जो थे उनके गुरु जी वशिष्ठ थे तो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और जब वो गुरु जी के शरण में गए श्री राम जी वशिष्ठ जी उनके गुरु थे तो अल्पकाल विद्या सब पाई तो बहुत ही कम समय में श्री राम जी ने भगवान जी को भी विद्या आ गई तो गुरु का होना बहुत जरूरी है गुरु जो होते हैं वो सदमार दिखा देते हैं और सच्चा गुरु आदमी को इंसान बना देता है तो ये जो जो ये है ये श्लोक है ये बहुत ही अच्छी है आप सभी को स्मरण करना चाहिए आखिरी में मैं फिर से इसकी दोनों लाइनें बताया दे रहा हूँ गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई जय श्री राम गुरु की महत्ता को समझिए आप सभी लोग जय हिंद चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा कि सभी लोग समझें थैंक यू